17 सेकेंड का एक ऐसा तरीका है जो आपके सब कॉन्शियस माइंड यानी आपके अवचेतन मन की शक्ति एक गजब तरीके से बढ़ा देती है अभी के मुकाबले 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली बना देती है और आप दिमाग की इसी शक्ति से आप अपनी जिस चाहें उस सपने को सच कर सकते हो अगर आप बहुत यंग हो मतलब आपकी उम्र सत्ताईस ऐसी कम है और आप ये वीडियो देख रहे हो तब आप सोच भी नहीं सकते की आपके हाथ क्या लगने वाला है आप शुक्र गुजार होंगे कि आपको इस बात का पता इतने कम उम्र में लग गई और इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना एकदम लास्ट तक और लास्ट में आप ये जरूर कहोगे कि यार ये क्या बता दिया तूने यार तुमने तो खजाने की चाबी भी हमारे सामने रख दिया इस तरीके को द सेवेंटीन सेकेंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक कहते हैं और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के सिद्धांत का पार्ट है वो सिद्धांत जो ये कहता है की आप अपने सोच की शक्ति ऐसी अपनी जिंदगी जैसी चाहें वैसी कर सकते हो ये टेक्निक ये कहती है कि अगर आप किसी चीज को या फिर किसी इंसान को या फिर किसी परिस्थिति को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हो मतलब उसे आकर्षित करना चाहते हो तब आप अगर सत्रह सेकंड तक लगातार एकदम फोकस के साथ उस एक चीज पर अपनी सोच की ऊर्जा को केंद्रित कर दो तब सत्रह सेकेंड बाद वो सोच कम्बर्शन प्वाइंट आरोप आ जाती है मतलब उस सोच में आग जितनी ऊर्जा आ जाती है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर सूरज की प्रकाश को केंद्रित करोगे तो कुछ सेकंड बाद वो जलने लगती है और यही केंद्रित ऊर्जा जब ठीक 17 सेकंड बाद टॉप पॉइंट पे होती है तब आपका अवचेतन मन लगभग 100 गुना ज्यादा पावर से काम करता है और इसलिए सिर्फ 17 सेकंड में ही वो आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाती है। अभी इस वक्त आप अपनी जिंदगी में जो एक्सपीरियंस कर रहे हो आप जो अनुभव कर रहे हो उसके क्रिएटर यानी उसके रचयिता आप ही हो और इसलिए आप अपनी जिंदगी को जैसी चाहें वैसी बना सकते हो आपकी जिंदगी में अभी जो भी हो रहा है वो उसी सोच का नतीजा है जो आप हमेशा सोचते हो अपनी दुनिया आप ही बनाते हो ये बात मैं खुद नहीं बोल रहा मैंने भी इसके ऊपर कई किताबों और साइंटिफिक रिसर्चे यानी अनुसंधानों को पढ़ा है ये सत्रह सेकंड वाली जो टेक्निक है ये अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर एब्राहम हिक्स ने बताया है और ये तरीका किसी खजाने की चाबी से कम नहीं और जो लोग मुझसे प्रूफ यानी सबूत मांग रहे हो इस सिद्धांत का कि जो आप सोचते हो वही आपको मिलता है वो इतिहास के सबसे जाने माने महापुरुषो में ऐसी एक बुद्ध की बातों को सुनो गौतम बुद्ध एक यूनाइटेड महापुरुष थे मतलब उनको इस पूरी ब्रह्मांड का हर एक रास् पता था मुझे ये नहीं पता कि कई लोगों को ये बात गलत क्यों लगती है कि आप अपने दिमाग की शक्ति से कुछ भी पा सकते हो अपनी जिंदगी में मतलब ट्राई करने में क्या जाता है आपकी धड़कन कौन चला रहा है आप कहोगे कि आपकी बॉडी में सिस्टम बनी हुई है जिसके चलते आपकी धड़कन अपने आप चल रही है पर उस सिस्टम को चलाने के लिए भी एक दिमाग चाहिए न जो सेकंड सेकंड आरोप आपकी धड़कन को चला रहा है ऐसा थोड़ी न होता है की आपका दिल कभी एक सेकंड में तीन बार धड़कता है और कभी एक सेकंड में एक बार वो एक ही रेड ऐसी धड़कता है इसका मतलब आपके दिल को कंट्रोल करने वाला कोई तो है और वो कोई और नहीं वो आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी आपका अवचेतन मन है अब जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका दिल धड़का सकता है और वो आपको जिंदा रख सकता है तो सोचो वो क्या नहीं कर सकता वो जो चाहे वो कर सकता है गौतम बुद्ध ने ये कहा था ऑल डेट वी आर इज द रिजल्ट ऑफ वी है इट इज फाउंडेड ऑन आवर थॉट एंड मेडअप ऑफ आवर था इसका मतलब आप जो भी हो अपनी जिंदगी में वो उसका परिणाम है जो आप सोचते हो आपकी जिंदगी आपके विचारों और सोच पे आधारित होता है और सिर्फ आधारित ही नहीं होता है आपकी जिंदगी आपकी सोच की ही बनी होती है बुद्ध ने ये भी कहा था इट इज रॉन्ग टू थिंक दैट मीस फोर्चून कम फ्रॉम ईस्ट और फ्रॉम द वेस्ट दे ओरिजिनेट विद इन वंस ओन माइंड मतलब ये सोचना गलत है कि दुख आपके जिंदगी में इधर या उधर ऐसी आती है वो आपके मन के भीतर ही उत्पन्न होती है He is able. Who thinks he is able. ये भी एक बहुत फेमस बात है जो गौतम बुद्ध ने बोली है अगर आप सोच सकते हो की आप सक्षम हो तो आप सक्षम हो मतलब अगर आप सोचोगे की कि आप किसी काम को कर सकते हो चाहे वो आपको कितना भी मुश्किल लगे आप वो काम कर ही लोगे वट वी आर टूडे कम्स फ्रॉम आवर थॉट ऑफ यस्टरडे एंड आवर प्रेजेंट थॉट बिल्ड अवर लाइफ ऑफ टुमारो आवर लाइफ इज द क्रिएशन ऑफ आवर ओन माइंड लास्ट लाइन पे आप गौर कर रहे हो लाइफ इज ए क्रिएशन ऑफ आवर ओन माइंड इस बात की गहराई को देखो आपकी जिंदगी आपका मन और दिमाग की ही रचना है यहाँ पर सीधा सीधा लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के सिद्धांत की बात की जा रही है तो जो भी चीज़ आप सोच सकते हो जो भी चीज़ आपको चाहिए वो असल में वर्तमान में इसी वक्त एग्जिस्ट कर रही है पर आपका सोच ये तय करता है की वो इंसान या वो चीज आपके साथ है की नहीं तो जब वर्तमान में उस चीज के बारे में आप सोचते हो तो वो आपके करीब आने लगता है इस दुनिया में कई लोग हैं जो आकर्षण के सिद्धांत को सच नहीं मानते पर वो तो सिर्फ अटेंशन पाने के लिए ये सब करते हैं की हाँ ये मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चैलेंज कर सकता हूँ देखो मुझ में कितना दम है ये अरे ये चीप स्टंट बंद करो भाई गौतम बुद्ध की बातों को चैलेंज मत करो एक इनलाइटेंड यानी जागृत व्यक्ति की बातों को चैलेंज करना बचपना और बेवकूफ़ी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लॉ है जो हर जगह काम करती है और हर बार काम करती है आपकी सोच की शक्ति के जरिए आप जो चाहे वो पा सकते हैं 90 प्रतिशत लोगो में तो ये आसानी से काम करने लगता है वो जिंदगी में बहुत कुछ पा लेते हैं पर ऐसा भी होता है कि कुछ लोग कितना भी पॉजिटिव यानी सकारात्मक सोच ले उनकी जिंदगी में नेगेटिव ही होता है ये इसलिए क्यूँकी लोगो को एग्जैक्ट सही तरीका ही नहीं पता ये आपके लिए हंड्रेड काम करेगा अगर आपको सही टेक्निक यानी सही तरीका पता हो सोचना यानी विजुअलाइज करना भी एक तला होता है जब मैं आपको बोलता हूँ कि किसी चीज को सोचना तो आपको लगता होगा कि हाँ बैठ के सोचो सोचो पर यार बात यह है ना कि आपका दिमाग काफी चंचल है और आप उसे एक चीज सोचने भी बोलोगे ना, तो हजार इधर उधर की बातें आने लगेगी तो उसी को आपको रोकना है लगातार सत्रह सेकेंड तक आपको एकदम उसी चीज या इंसान पे फोकस करना है उसी पे ध्यान लगाना है तो इस सत्रह सेकंड की जो ट्रिक है वो ये कहती है कि आपको एक ही चीज पे लगातार फोकस करना होगा मतलब दिमाग की सारी चीजों को क्लियर करके सिर्फ और सिर्फ उसी पे फोकस करना है सबसे जरूरी पार्ट यही है तभी आप कम्बन पॉइंट में पहुंचोगे, यानी उस पॉइंट पे जब आपके अवचेतन मन में असीमित शक्तियाँ आने लगती है और वो शक्ति अभी जो आपके अवचेतन मन की शक्ति है उसे सौ गुना ज्यादा बढ़ा देती है सत्रह सेकंड तक फोकस करने में आप कामयाब रह गए तब तो ये बेस्ट बात है पर अगर आप इसके भी ऊपर जाना चाहते हो और अपनी अवचेतन मन की शक्ति और बढ़ाना चाहते हो तब सतर सेकेंड खत्म होने के बाद और सत्रह सेकेंड सोचो मतलब कि सत्रह इंटू टू चौंतीस सेकेंड चौतीसवे सेकेंड के अंत में आपके सोच के किसी भी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करने की शक्ति एक हाईर लेवल ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा की एक दूसरी स्तर पर चली जाती है मतलब आपका अवचेतन मन और भी शक्तिशाली हो जाता है चौतीसवे सेकेंड के आगे आप और 17 सेकेंड सोचोगे मतलब चौतीस प्लस 17, मतलब इक्यावन सेकेंड तब आप तीसरे स्तर पर चले जाते हो मतलब इस स्टेज में आप उसे लिटरली अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर देते और फिफ्टी वन सेकेंड से लेकर और सत्रह सेकेंड मतलब की सिक्सटी एट ये लास्ट स्टेज है ये अल्टीमेट स्टेज है इस 17 सेकंड के तरीके की उस पॉइंट में आप ये खुद फील कर सकोगे यानी खुद महसूस कर सकोगे कि वो चीज़ या वो इंसान आपकी तरफ आ रहा है आपको एक अलग ऐसी ऊर्जा महसूस होगी आपकी अंतरात्मा ही कहने लगेगी कि अब आपने उसे आकर्षित करना शुरू कर दिया पर जैसा कि मैंने कहा इस पूरे अड़सठ सेकेंड की सेशन में आपको इधर उधर की बातें एकदम नहीं सोचना ज्यादातर लोग सत्रह सेकंड तक भी फोकस नहीं कर पाते पर विश्वास करो अगर आपने ये कर लिया ना तब ये आपकी जिंदगी बदल देगा प्रैक्टिस यानी अभ्यास से सब संभव है डेली आप प्रैक्टिस करो और देखना आप आराम से किसी भी चीज पे 17 इंटू चार यानी अड़सठ सेकंड तक फोकस कर पाओगे आप पाओगे कि आपकी जिंदगी तो पूरी तरह से बदल चुकी है तो दोस्त क्या आप इस 17 सेकंड के तरीके को ट्राई करना चाहोगे निजे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ सब्सक्राइब करने के बाद आप उस घंटे को जरूर